जूलिया प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सर्च करते हो तो यहाँ पर है लर्न जूलिया तो आप लोग इस एप्लीकेशन का डाउनलोड इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर सकते हो या डाउनलोड कर सकते हो और यहाँ पर आपको एक और एप्लीकेशन नज़र आएगी जूलिया वैसे मैं आपको बता दूँ जूलिया लैंग्वेज अभी जूलिया लैंग्वेज पर अभी काम किया जा रहा है मगर इसके कुछ वर्जन रिलीज़ हो गए हैं तो अगर आप लोग डाटा साइंस करना चाहते हो तो आप लोग इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर सकते हो